तो आप हैं ही बहुत खुश खुश नसीब हैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया पीछे वालियों को मिला ही नहीं साड़ियां अपने झोड़े में पैक करके लेके आई थी वो इस सुबह योग किया उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया उसके बाद अब दोपहर पहला शुरू हो गया अब घर जाके पहन लेना कोई बात नहीं <laughs> आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती है आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते बच्चों को बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले हम तो आठ दस साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे ये तो अब जाकर के पांच पांच लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें